वो किसी दिन छोड़ ही देगा वो किसी दिन छोड़ ही देगा ये सोच कर मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता साहब किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता साहब मगर आदत तो खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है इतनी बुरी न थी ये जिंदगी इतनी बुरी न थी ये जिंदगी साहब बस कुछ दिमाग वाले लोगों को दिल में जगह देती जब मैं खुश होता हूं तो वो भी खुश होता है जब मैं खुश होता हूं तो वो भी खुश होता है मैं बात आईने की कर रहा हूं इंसान की नहीं किसी से बिछड़ना अगर मजबूरी बन जाए किसी से बिछड़ना अगर मजबूरी बन जाए तो समझ लेना कि उसकी राह की मंजिल कोई और है बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं हम जैसे बुरे लोग बहुत अच्छे होते हैं हम जैसे बुरे लोग भी अपने सिवा किसी का बुरा नहीं सोचते तुम इस दुनिया की हकीकत से अनजान हो दोस्त तुम इस दुनिया की हकीकत से अनजान हो दोस्त यहां याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है